एक विषय कह दो अखंड भारत मान्यवर संदा अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा क्यों तो ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए बन जाएगा अखंड भारत होके रहेगा